तो हम जब भी समय के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में तीन सवाल आते हैं कि हमारे पास समय की इतनी कमी हुई कैसे इस पृथ्वी पे हमें और कितना समय बाकी है और हमारा समय कितना कीमती है ये तीन सवाल बहुत मुख्य हैं। तो आज हम सबसे पहले पहले सवाल की तरफ चलते हैं कि हमारे पास समय की इतनी कमी है क्यों अभी सोचा है आपने की हमारे पूर्वजों को कभी समय की कमी महसूस क्यों नहीं हुई और हमें ही क्यों समय की इतनी कमी महसूस होती थी जबकि उनके पास ना कोई मशीन है ना कोई गाड़ी थी ना कोई आविष्कार था फिर भी उनको कभी समय की कमी महसूस नहीं हुई। नहीं उनके पास कोई 48 घंटे थे और हमेशा सदियों से सबके पास 24 घंटे ही होते आए हैं तो फिर ये समय की कमी महसूस क्यों होने लगी नाइनटीन सेंचुरी में समय की कमी महसूस नहीं होती थी और क्यों ट्वेंटी सेंचुरी की स्टार्टिंग के बाद से समय की इतनी कमी महसूस होने लगी पहले का जीवन सभ्य और सरल था लोग घड़ी के गुलाम नहीं हुआ करते थे जबकि नेचर के गुलाम हुआ करते थे कब उठना है से लेके कब सोना है पर जब से ये ट्वेंटी सेंचुरी का दौर आया जिसे हम नौकरी पेशे वाला दौर कहते हैं इसे लोगों ने अपने आप को घड़ी का गुलाम बना लिया यानी कि हर एक काम घड़ी को देख के लोग करने लगे और इसके कारण उनका पूरा जो एक भगवान ने नैचुरेड्यूल ने दिया था वो डिटर्ब हो गया पहले जो जीवन की रफ्तार थी वो बहुत थी, बहुत सरल थी आज जो जीवन की रफ्तार है देख सकते हैं और यहाँ तक की एक टीवी का बटन दबाते ही आप देश विदेश की जानकारियां पा सकते हैं टीवी के जरिए एक सिर्फ एक घंटे में आप दिल्ली से मुंबई जा सकते हैं हवाई जहाज के जरिए तो इसने हमारे जीवन की रफ्तार को बहुत तेज कर दिया है हमारी लाइफ लेकिन शायद हम खुद से कहीं ना कहीं दूर होते जा रहे हैं और खुद से बहुत दूर हो गए हैं इस सबका मतलब ये नहीं है कि आप वापस से चूल्हे पे रोटी बनाइए या पैदल चल के जाइए मुंबई से दिल्ली तक हम्म इसका मतलब ये है कि जितने भी आजकल जो नए जमाने के आविष्कार हुए हैं जिन्हें हम कहते हैं सोशल मीडिया वर्ल्ड इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर एक्सेट्रा इन वर्चुअल वर्ल्ड से दूर रहिए दूर रहिए कम से कम उपयोग कीजिए क्योंकि आप उसमें ही लगे रहते हैं पहले लोगों के पास घड़ी नहीं हुआ करती थी घड़ियाँ की तादाद जो थी वो कम थी और इसीलिए लोग जो थे वो नेचर के साथ पूरे कोऑर्डिनेशन में थे लोग अपने आप चार बजे उठ जाते थे खेतों में जाते थे और उनको पता लग जाता था कि सात बज गए हैं और मुझे घर पर जाके नाश्ता भी करना है लेकिन अगर आज हम देखें तो आज हमारी बॉडी कोऑर्डिनेशन में नहीं है क्योंकि हमने अपने आप को घड़ी का गुलाम बना लिया है तो आप ये बताइए कि आपने लास्ट टाइम कब सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ सूर्य नमस्कार किया था आपको याद भी नहीं होगा क्योंकि आप इस वर्चुअल वर्ल्ड में अभी तक फंसे हुए हैं एक वर्चुअल वर्ल्ड और आ रहा है जिसे हम कहते है और वो भी अपनी हैं मेटावर्स कैसे उसको सही जगह पर लगा सकते हैं तो ये सब हम अपनी सोच की वजह से ही बदल सकते हैं और अगर आपने हमारी सोच वाली वीडियो नहीं देखी तो ये आई बटन में लिंक आ रहा है जाकर सोच वाली वीडियो देख ले तो अब हमने इस पार्ट में क्या सीखा इस पार्ट में हमने सीखा कि हमें हमें जो जो जो समय समय की की कमी महसूस हो हो रही रही है है वो हमारी ही गलती वजह से हो रही है। जो हम फालतू दूसरी चीजों पर लगाते हैं चैटिंग इंटरनेट फलाना डिमकाना पे ये हमें बंद करना है हमें एक शेड्यूल के हिसाब से काम करना है तो अब आप स्टेट रहे अगले पार्ट के लिए तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें थैंक यू